सनी लियोनी जब 10 साल की थी तब एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा आके दूध पी ले उसने कहा नो मॉम मुझे दूध नहीं पसंद मैं दूध नहीं पीऊंगी उसकी माँ ने कहा देखो बेटा अगर आप दूध नहीं पियोगे तो बड़े कैसे होगे? तो उसने कहा कि मॉम दूध तो आप भी नहीं पीती लेकिन आप भी बड़ी हो गई उसकी माँ ने कहा कि बेटा देखो जिद नहीं करते तुम मेरी अच्छी बच्ची हो तुम दूध पी लो तो उसने कहा ओके मॉम इस तरह से फिर वो आई उसने गिलास उठाया और गट करके सारा दूध पी गई वैसे सनी का नाम सुन के मेरी वीडियो आखिर तक देखने का थैंक यू भाई <laughs> वह सुधर जाओ दमिंदो कमीनों ताकि कब सुधरोगे